बनी चाहत प्याराए घर मिलन की बनी जुदाई तेरी यादें जब जब आए मेरे दिल को बहुत रुलाए घुट घुट के मैं मर न जा आके आस दि... आके झलक दिखा जा आजन जान आ साजन आजा देख रही हूं तेरा रसता के झलक दिखा जा जन ओ साजन आ जा अब आज साजन ओ साजन आ जा